हर चीज़ के लिए गूगल तो करते हैं पर हमें पता ही नहीं है कि कई ऐसे तरीके हैं जिससे हम बहुत बहुत बहुत ज़्यादा गूगल से फायदा ले सकते हैं पूरी की पूरी बुक एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग पेजेज पर जाने की वजह जो चाहिए एक ही बार में पा सकते हैं किसी का नंबर किसी का ईमेल जॉब वैकेंसी या कोई अपॉर्चुनिटी जो चाहिए एक क्लिक में बस पा सकते हैं तो इन सात टिप्स के साथ आप स्मार्ट बनने वाले हो मैं आपको इन वीडियो में सात टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप स्मार्ट बनने वाले हो तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल उमरा डिजिटल को मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूं तो चलिए शुरू दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को दोस्तों तो, तो, तो आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूँ वो सेवन टिप्स तो चलिए शुरू करते हैं पहली टिप्स अगर आपको बनाए की चाहिए तो आप वहां पे वो टॉपिक लिखो जैसे मैं यहां पे लिखता हूं कोका कोला कोका कोका कोला कोला केस स्टडी फाइल टाइप पीपीटी जैसे हम यहां पर कोका कोला केस स्टडी फाइल टाइप पीपीटी लिखते हैं कोका कोला पावर पॉइंट यहाँ पे आ चुका है क्योंकि हमें पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन चाहिए तो फाइल टाइप यहां पर हम लोग ppt लिखेंगे देखिए आपके सामने ये कोका कोला का पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन आ चुका है वैसे ही वर्ड फाइल चाहिए तो यहां पर हम लोग अगर वर्ड फाइल हमको चाहिए तो यहां पर लिखेंगे .doc ये देखिए केस स्टडी ऑन कोका कोला कंपनी एडवर्ट एडवर्टिंग एंड सेल्स कोका कोला कंपनी की वर्ड फाइल अगर हमें चाहिए तो यहाँ पर आ चुका है अगर एक्सेल फाइल चाहिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सेल फाइल अगर चाहिए तो डॉट एक्स एल एस डॉट एक्सेल एक्स जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा कोका कोला का वर्ड फाइल अब अगली टिप पे चलते हैं अगर आप स्टूडेंट हो आपने गूगल किया जैसे अगर आपने यहाँ पर गूगल किया हाउ टू मैनेज टाइम Time. To time. How to manage manage time. time, search आप क्या कर सकते हो एक प्लस का साइन यूज कर सकते हो जैसे देखिये यहाँ पर मैं यहाँ पे प्लस का साइन जैसे लगाऊंगा how to manage time plus तो तो तो तो पे पे पे पे आ आ आ चुके हैं, हैं, बहुत फिर भी mix result आ रहे हैं। तो यहाँ पे plus student हमको करना होगा, plus student. तो जैसे ही आपने यहाँ पे किया how to manage time plus student, तो आप देखिए चुका है, के का मतलब है कि गूगल ये वर्ड तो होना ही चाहिए जैसे हमने लगाया हाउ टू मैनेज टाइम प्लस स्टूडेंट तो पहले आर्टिकल से ही सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड आर्टिकल एडवाइसेज नॉलेज आपको मिलनी शुरू हो गई तो जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और उसमें एक वर्ड होना ही चाहिए तो आपको उसके साथ प्लस लगाना है इससे आपका बहुत टाइम बचता है आप सीधा राइट इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हो अब इसके पॉजिटिव भी है। अगर आप कुछ कुछ ढूंढ रहे हो और सर्च में कुछ ऐसी आ रही है जो आपको नहीं चाहिए, तो आप माइनस लगा सकते हो एक एग्जांपल लेते हैं अगर आपने यहाँ पे सर्च किया ओरिजिन ऑफ एप्पल ओरिजिन ऑफ एप्पल आप ढूंढना चाहते थे एप्पल के बारे में लेकिन अमेरिका पहुंचने की जगह आप हिमाचल तो कर तो फ्रूट के रिलेटेड कुछ नहीं आएगा उसकी जगह आपको एप्पल कंपनी के जो मालिक हैं स्टीव जॉब्स उनके बारे में आना शुरू हो जाएगा एप्पल कंपनी तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं उसके बाद अगली टिप जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बहुत बहुत बहुत ज्यादा टाइम बचाएगी इसके लिए आपको सर्च करते वक्त का का इस्तेमाल करना है का कर सकते हैं मान लो अगर आपने कहीं पे ये लाइन पढ़ी यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कॉम ट्रू आपको ये देखना है कि ये किसने लिखा है ये लाइन किसने लिखा है तो हम जैसे ही पे सर्च करते हैं तो हमारे सामने बहुत से रिजल्ट आ जाते हैं लगाएंगे सिंपली क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग कोस्ट का इस्तेमाल करेंगे कोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग जैसे कि आप देख सकते हैं उसके बाद इधर लास्ट में भी हम लोग कोस्ट लगाएंगे तो जैसे हम ये करके सर्च करते हैं तो वहाँ पे उसी टाइप में देख सकते हैं आप आ चुका है कोर्ट्स लगा हमने सर्च किया तो ये देखिए ए अब्दुल कलाम से रिलेटेड ये कोर्ट्स था तो so, पे आ चुका आपके साथ उस लाइन को डाल दोगे उसका सोर्स आपको मिल जाएगा अब जो नेक्स्ट ट्रिप है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर वो अलग अलग ही लेवल पे है कई बार होता है की आपको कुछ कुछ याद आ रहा है कुछ कुछ नहीं याद आ रहा है जैसे कुछ गाना होता है मेरे आपके साथ मेरे साथ भी हमेशा हो सकता है तो आप गूगल के साथ वैसे ही बसा सकते हो एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग चलते हैं कोई गाना मान लीजिए आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसे आपको कुछ गाना है जिसका आधा लाइन आपको याद है और याद ही नहीं है पता ही नहीं था कि बीच में क्या था गाना तो बीच में क्या था ये सर्च करने के लिए हम सिंपली एक ट्रिक का यूज करेंगे हम लोग हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या की यहाँ पे स्टार लगा सकते हैं यहाँ पे हम लोग सिंपली स्टार लगाएंगे और जैसे कि यहाँ पे हम गाना सर्च करेंगे आप कोई भी गाना हो जैसे कि आपको तो यहाँ पे मान लो अगर आपको कोई गाना याद हो जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ नया गाना आया जिसका कटे तेरे संज्ञा संज्ञारे ये गाना है तो अगर आपको पूरा नहीं याद आ रहा है तो जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद बीच में गाना के लाइन लिख देंगे उसके बाद यहाँ पे स्टार लगा करके बीच में कुछ भी लिख देंगे तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है कटे तेरे संग्या, संग्या, गाना तो ऐसे ही आप स्मार्ट सर्च कर सकते हो अगर आपको कोई नहीं आ रहा है कुछ याद आ रहा है लिख दो तो गूगल सीधे आपको जो आप देखना चाहते थे वो आपको दे देगा तो ये है कुछ स्मार्ट सर्च जिसकी मदद से आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो स्मार्ट सर्च कर सकते हो के लिए इतना ही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं आगे ऐसी वीडियो दाता रहूंगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो